का जेल से भागा हुआ मुजरिम <laughs> शराफत की किताब में मुझे खलनाय कहते हैं <laughs> देखो महोदा जी अगर ठंड लग रही है तो आग जलाओ और अगर ज्यादा चर्बी है तो फिर हमें बताओ उदार देंगे और चल मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के अब जाऊंगा भी गाड़ी में वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला समझ भाई अरे इज्जत का सवाल है झुकूंगा नहीं। छोटे कौन किस पे भारी है ये तो वक्त बताएगा और सुना है तेरी अकड़ में बहुत गर्मी है तोड़ने में मुझे भी बहुत मजा आयेगा छोड़े लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे तकलीफ हो जाएंगे